भगवान की सोचने रही अब हम बन के कबरिया होनिया दूनू पुरानिया सोचने रही अहब हम बन के कबहिया हो दून परनिया सही दल बोर्डर पर हमारू सजाना सही दिले बॉर्डर पा सजाना हे भोले जानी हे भोले बाबा को छे हमार ग गजाना हे भोले जानी को छे हमार ग गजाना सही दल सहीद बॉर्डर पर हमार स सा जाना सही गल बॉर्डर पर हमार सजाना बाबा सूझे ना कुछो रहो। भागी भागन हमारा को है दुनिया डर जाना, बो डर जाना। भगवान की। विशन राज, विशन राज विशन रमन जी बाबा सुनबे लारी सुन न हे बतिया हे भोले बाबा हे भोले दानी टूटा गया सपना सही दिले सही दिल सही दिले डर पर हमार सजाना सही दिले बॉर्डर पर हमारा